इंसान दुनिया में तीन चीजों के लिए मेहनत करता है, तीन चीजों के लिए इंसान दुनिया में मेहनत करता है सबसे पहले कि मेरा नाम ऊँचा हो जाए दूसरी चीज मेरा लिबास ऊंचा हो जाए तीसरी चीज मेरी बिल्डिंग ऊंची हो जाए मेरा मकान ऊंचा हो जाए अल्लाह इसकी यही तीन चीजें मतलब इंसान की यही तीन चीजें सबसे पहले बदल देता है नाम अब उसका क्या हो जाता है आज मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल बातें बतलाने वाला हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखे और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले याद रखना इंसानियत वो, तो, वो चीज है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है इंसानियत वो चीज है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है और एहसास वो चीज है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता याद रखना बात हजरत अली कहते हैं कि जब तुम किसी को अकेला देखो जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ की वो एक सच्चा इंसान है क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ ही होती है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 इंसान के मरते ही अल्लाह इसकी यही तीन चीजें मतलब इंसान की यही तीन चीजें सबसे पहले बदल देता है नाम अब उसका क्या हो जाता है मरहूम हो जाता है मरने के बाद कफन हो जाता है मकान उसका क्या हो जाता मरने के बाद खबर हो जाता है याद रखना आपका फरमान है मतलब आप सल्लाह अच्छा का फरमान है की अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करता है जो हदीज को सुनकर आगे पहुँचाता मतलब शेयर करता है मेरे भाई इस वीडियो को भी शेयर करें शेख सादी आगे फरमाते हैं कि दोस्ती का रिश्ता बहुत बेहतर है दोस्ती का रिश्ता बहुत बेहतर है रिश्तेदारी से क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है दोस्तों से रिश्ता दिल का होता है दिल सारे जिस्म को खून सप्लाई करता है बात याद रखना बात याद रखना इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं है इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं है बल्कि अच्छा अखलाब और उसका ईमान है बात याद रखना अच्छा दोस्त चाहे जितना भी बुरा हो जाए अच्छा दोस्त चाहे जितना भी बुरा हो जाए लेकिन उससे दोस्ती कभी मत तोड़ना पता है ऐसा क्यों पानी चाहे जितना भी गंदा हो जाए लेकिन आग बुझाने के काम जरूर आता है बात याद रखना सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना क्यूँकी पता ऐसा अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है मुस्कुराकर गम बुनाना जिंदगी है जीत कर कोई खुश हो तो क्या हुआ जीत कर कोई खुश है तो क्या हुआ हार कर खुशियां मनाना भी जिंदगी है बात याद रखना एक बात याद रखना गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं और आज वो बन गए और आम क्या करती है जिंदाबाद खड़पति मुर्दाबाद फला जिंदाबाद नारे लगा लगाकर भूखे मरने लगे मेरे भाई अपनी जिंदगी का ख्याल रखें अपने बच्चों के मुस्तबिल खुदा अच्छा सा सोचे अच्छे आदमी को वोट करें बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना जो शख्स चाहता है कि अल्लाह उसके दिल को खोल दे और उसे इल्म और हिकमत से नवाजे तो वो तन्हाई इख्तियार करे वो तन्हाई इख्तियार करे कम खाए और बेबकूफ़ लोगों से दूर रहे इसी तरह बाज उन अहले इल्म से भी दूरी इख्तियार करे जिनके पास इंसाफ और अदब नाम की कोई चीज नहीं बात याद रखना अजब है तेरी दुनिया के लोग अरब अजब है तेरी दुनिया के लोग या रब जितनी इज्जत दो उतना दुख देते हैं। बात याद रखना। एक बात हमारी याद रखना बाबा जी कहते हैं कि पुत्र जवानी में टूटा हुआ दिल और बुढ़ापे में टूटी हुई हड्डियों को जुड़ने में बहुत टाइम लग जाता है बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा हो, हमारा घर चाहे कितना ही बड़ाओ हमारे कपड़े कितने ही महंगे और खूबसूरत हो हम कितने ही अमीनों में लेकिन हम सब की खबरें एक जैसी हैं बात याद रखना